दोस्तों क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज्जत करे हमें उम्मीद है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए हम इस वीडियो में अपनी वैल्यू बढ़ाने के कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बात की वैल्यू हो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते हैं या बोलते हैं पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं समझ पाता कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद ज़्यादा करते हैं इन तरह के लोगों के अंदर कुछ खास तरह की बातें होती हैं जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को भी बढ़ा सकते हैं तो चलिए हम जानते हैं कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं नंबर एक अपनी वैल्यू खुद करें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू खुद से करें यदि आप अपनी वैल्यू खुद से नहीं करते हैं तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा भी नहीं करेगा किसी भी काम को पहले खुद करना चाहिए जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने खास हैं और कौन आपकी असली वैल्यू समझ सकता है नंबर दो किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल ना रहें क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं जब भी उस इंसान को ज़रूरत होती है तो आप उसके पास पहुंच जाते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी नहीं समझ पाएगा और ना ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा इसका आसान सा कारण है जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज़ कम अवेलेबल होती है तो उसका दाम भी ज़्यादा होता है यह नियम आपके ऊपर भी लागू होता है आज से ही आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल ना रहे आप जितना ज्यादा जरूरत से कम अवेलेबल रहेंगे तो दूसरे आपकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेंगे नंबर तीन कम बोले क्या आप किसी से हद से ज्यादा बातें करते हैं क्या आप ज्यादा बोलते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं करता होगा आप चाहे जितना मर्जी अच्छा बोलते हो या अच्छा ज्ञान देते हो पर आप हद से ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बात और ज्ञान की वैल्यू बहुत कम हो जाती है हमें अक्सर कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं कम बोलने वाले की बात हर कोई दूसरा पूरे ध्यान से सुनता है आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम बोले आप जितना कम बोलेंगे आपकी बात की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी नंबर चार अपना समय बर्बाद ना करें आपको लग सकता है कि आप किसी के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं पर ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि ये दूसरे के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं आप दूसरे का इंतजार करके बिना मतलब ये बातें करके साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते होंगे आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करने से रोकना चाहिए आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद कर देते हैं पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है आप उनके लिए हमेशा रहते हैं जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है नंबर पांच अपनी तारीफ खुद ना करें कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं अपनी तारीफ हद से ज्यादा करते हैं मैं एक बार अपनी तारीफ करना शुरू हो जाते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते जो इंसान अपनी तारीफ ज़्यादा करता है उस इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते सिर्फ अपना और आपका समय बर्बाद करते हैं तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से ये गलती करना बंद कर दे और यदि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपकी तारीफ करे तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें कि लोग आपकी तारीफ खुद करें नंबर छः ज्ञान बढ़ाए बिना ज्ञान वाले इंसान की वैल्यू अक्सर कम होती है बस स्कूल और कॉलेज का ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता ज्ञान कई तरह का होता है आप अपने अनुसार अच्छे से अच्छा ज्ञान ले सकते हैं आपके पास जितना ज्ञान होगा आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी ज्ञान होने से आप किसी से भी बात कर पाएंगे बिना ज्ञान के किसी से बात करना मुश्किल होता है ज्ञान रखने के साथ साथ आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा भी करें बस ज्ञान हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता आप अपने ज्ञान को अपने काम से दूसरों को दिखाएं ताकि दूसरे जान पाएं कि आपके पास ज्ञान है नंबर सात अपनी पहचान बनाएं। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर ही अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ साथ आप अपने आस पास और अपने दोस्तों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता है आपके आस का पहचान आपको हद से ज्यादा वैल्यू देगा आप जिस तरह का अपना पहचान अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे आपके दोस्त भी आपको उस प्रकार का ही वैल्यू देंगे आप अपनी पहचान अपने काम और सफलता से बना सकते हैं नंबर आठ अपने प्रॉमिस को पूरा करें हमारे अनुसार हमें जल्द ही किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जब ऐसा समय आ जाए कि हमें प्रॉमिस करना ही पड़े तभी ही हमें प्रोमिस करना चाहिए पर आप प्रोमिस करने से पहले सोच लें कि आप कैसे अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे अपनी वैल्यू बनाने के लिए आप जब भी कोई प्रॉमिस करें तो उसको समय के अनुसार पूरा भी करें आप कभी भी अपने प्रॉमिस का अधूरा ना छोड़े प्रॉमिस अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है नंबर नौ सफल इंसान बने आखिर पर बहुत ही जरूरी है कि अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको सफल होना ही पड़ेगा एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से समझता है एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं समझता आप ऊपर बताए गए नियमों को पालन करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं पर अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आपको कामयाबी की ओर बढ़ना चाहिए आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उसी दिन आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी सो दोस्तों आज हमने आपको जिस टॉपिक के बारे में बताया है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें हमेशा ही अपनी वैल्यू को समझना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए हमारी वैल्यू क्या है हमें किसी के लिए इतना भी फ्री नहीं रहना चाहिए कि कोई हमारा फायदा उठा सके और यदि आप अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं यदि है आप भी यह समझना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है तो हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों की भी ये हेल्प कर सके धन्यवाद